हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल आज जो हम अपना शुरू कर रहे हैं वो हम बीएससी एस सी ईयर इन केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू करेंगे और ये जो हमारा बैच है ये 2021 और 2022 के लिए है तो जो अब हम यूनिट टू शुरू करेंगे यूनिट टू है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चलिए सबसे पहले इसके हम टॉपिक देख लेते हैं तो यहाँ जो हम इसके टॉपिक पढ़ने वाले हैं वे हमारे टॉपिक कौन कौन से होंगे एक बार उन्हें हम देख लेंगे ठीक है तो ये जो हमारे टॉपिक होंगे जो हम इसमें शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे जो लगभग हर साल से हमारे एग्जाम में आते हैं वे हैं हमारे डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट ठीक है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट फिर इसके बाद में जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट में ही वो हमारा लिगेंट है और जो दो और इसके अलग जो शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं वे एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर है और दूसरा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये क्या होते हैं कैसे होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे जब हम इनके टॉपिक क्लियर करना शुरू कर देंगे ठीक है तो शॉर्ट नोट्स में हम फिलहाल यही पढ़ेंगे डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट लीग एंड कॉम्प्लेक्स स्पेयर और कॉम्प्लेक्स नंबर फिर इसके बाद में हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे जैसे कि हमारे पास में ये है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है हर साल एग्जाम में आ जाती है और ये नहीं आएगी तो इसके साथ में जो दूसरा पार्ट आता है इसका ये विबिटिंग बैलेंस bond theory या फिर यह जाएगी ये दोनों के दोनों ही हर साल से एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है तो हम ये दोनों के दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करेंगे फिर इसके साथ साथ हम इसमें ज्योमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और जो हमारी नॉर्मली आइसोमेरिज्म होती है उसे भी हम पढ़ेंगे सेवन टाइप्स के जो होते हैं उन्हें और एक क्वेश्चन जो इसमें जो शॉर्ट नोट में बन के आता है चार नंबर का या कभी कभी दो नंबर का आ जाता है वो होता है चिलेट्स एंड इट्स अफेक्ट ठीक है या अफेक्टिंग और एक है हमारे पास में सिडविक की थ्योरी या ई ए एन रूल ये ई रूल सीडविक की थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है इसे भी हम इसी ही यूनिट में कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो हम इसमें समझेंगे वो हम इसमें समझेंगे कि डबल साल्ट मेनली होते क्या है ठीक है तो डबल साल्ट समझना शुरू करते हैं चलिए तो अब हम शुरू में समझ रहे हैं डबल साल्ट और डबल साल्ट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स साल्ट भी समझेंगे ठीक है आप बड़े ही ध्यान से बड़े ही प्यार से आराम से समझेगा आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि साल्ट क्या होता है ठीक है साल्ट को ही समझ लेते हैं सबसे पहले जो साल्ट है हिंदी में लवन कहते हैं इसे ठीक है ये क्या होता है साल्ट होता क्या है जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं ठीक है जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराएंगे किस बेस से तो एसिड बेस रिएक्शन से जो बनते हैं एक तो बनता है साल्ट ठीक है और दूसरा इसके साथ में जो बनता है वो बनता है वाटर ठीक है ये बनता है जब हम एसिड और बेस्ड रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बनता है हमारे पास में साल्ट और एक हमारे पास में बनता है वाटर ठीक है अब हम बात करना चाहते हैं किसकी डबल साल्ट की ठीक है जो डबल साल्ट होता है डबल साल्ट में अब याद रखिएगा डबल को एक मिनट छोड़ दीजिएगा साल्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया साल्ट क्या है ठीक है एसिड बेस्ड रिएक्शन से जो बनेंगे जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा क्या होता है जो एसिड बेस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होता है साल्ट होता है अब यहाँ लिखा हुआ है डबल साल्ट डबल साल्ट का मतलब अब अगर मैं आपको हिंदी से समझाऊं तो डबल का मतलब कितना होता है दो इसका मतलब दो साल्ट जब दो साल्ट एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं डबल साल्ट और डबल साल्ट एक हम इसमें टॉपिक पढ़ना है दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट ठीक है कॉम्प्लेक्स साल्ट अब कॉम्प्लेक्स का मतलब आप हिंदी में समझेंगे तो हिंदी से इसका जो अर्थ निकल के आता है जटिल जटिल का मतलब जो कठिन साल्ट होते हैं ठीक है थीके? अब इनकी विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल कि डबल साल्ट में और कॉम्प्लेक्स साल्ट में ऐसा क्या अंतर है ठीक है जिन्हें हमें अलग अलग समझना पड़ता है जबकि मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स आर्ट में भी एक से कॉम्प्लेक्स आल्ट भी एक से ज़्यादा साल्ट से मिलकर बना होता है और जो डबल साल्ट है वो भी एक से ज़्यादा साल्ट से मिलकर बना हुआ होता है मगर बात यह है कि दोनों में डिफरेंट क्या है इनमें डिफरेंस क्या है तो अगर हम बात करेंगे किसकी डबल साल्ट की तो जो हमारे पास में डबल साल्ट होते हैं इनकी एक विशेषता होती है क्या कि जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये जो इनके कॉन्स्टिटेंट्स होते हैं उनमें ये डिवाइड हो जाते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा इसमें पोटासलम ठीक है जो एलम है वो एक एग्ज़ाम्पल है किसका डबल साल्ट का अब पोटासलम का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है के टू एसो ए एल टू एस ठीक है ये फार्मूला किसका होता है ये फार्मूला होता है पोटासलम का जब हम इसे वाटर में डिवाइड डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या होगा जिन जिन से मिलके बना हुआ था उनमें डिवाइड हो जाएगा अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें दो साल्ट हैं. एक के है और दूसरा क्या है ए एल का होलथीराइज सॉरी ऐसे ये है तो जब आप इसे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास में जो कैटाइन है वे कितने हैं टू हैं टू टाइप्स के हैं एक के प्लस हैं और दूसरा कितना है ए एल थ्री प्लस का तो याद रखिएगा इसमें कैटाइन कितने हैं दो हैं मगर इसमें एन आइन वो सॉरी एन आइन कितने हैं इसमें दो हैं और जो इसमें कैटायन है हमारे पास में वो कितना है केवल एक ही है एस ओ माइनस ठीक है तो आप इसे यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा एन आइन कितने हैं इसमें हमारे पास में दो हैं एक के प्लस है और दूसरा कितना है ए एल थ्री प्लस तो यहां हम आराम से बता सकते हैं कि ये डबल साल्ट कौन से साल्ट होते हैं डबल साल्ट वे साल्ट होते हैं जब हम इन्हें पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने उनही कॉन्स्टिटेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनसे मिलकर बने हुए होते हैं और उन सिंपल्स आयन का टेस्ट भी ये देते हैं ठीक है जिससे मिलकर ये साल्ट बने हुए होते हैं अगर हम बात करेंगे किसकी कॉम्प्लेक्स साल्ट की ठीक है तो कॉम्प्लेक्स साल्ट मिलकर तो बनेगा दो ही सिंपल साल्ट से ठीक है एक एग्जांपल हम इसका लेंगे जैसे कि ये लिया हमने के फोर एफ का हॉल सिक्स ये हमने एग्जांपल लिया तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स साल्ट है इनकी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये एक टेस्ट देते हैं किसका कॉम्प्लेक्स आयन का ठीक है ये कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देते हैं ठीक है ये नहीं देते हैं ये उन्हीं सिंपल्स आयन का टेस्ट देते हैं जिनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं मगर बात करेंगे इनकी तो ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देते हैं इसी वजह से हम इन्हें क्या बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट जैसे कि ये किससे मिलकर बना हुआ था ये बना हुआ था फोर के प्लस और इसके साथ में हमने ले रखा था क्या एफ ई का होल्ट वाइज ये मैं आपको रिएक्शन भी समझाऊंगा इसके पॉइंट्स भी समझाऊंगा केवल आपको बेसिक थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ शुरू से नहीं तो इसकी सारी की सारी थ्योरी वीडियो में ही आपको मिल जाएगी वीडियो में ही इसकी थ्योरी है यहाँ से ही हम इसे पढ़ लेंगे वीडियो से तो जब इससे ये मिलके बनता है तो ये क्या बन जाता है ये बन जाता है के फोर एफ का होल सिक्स ये बन जाता है मगर जब इसे वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये टेस्ट देता है किसका फोर प्लस का और प्लस में ब्रैकेट में रह जाएगा एफ ई का ऑल सिक्स और इसके ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसके ऊपर टू माइनस इसका टेस्ट ये हमें इस वाले आयन का और इसका आयन का ये टेस्ट देता है तो ये जो हमारे पास में ये आयन है ये हमारे पास में कैसा आयन है ये हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा जिस कारण हम इसे क्या बोल देंगे एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड बोल देंगे ठीक है अगर यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है चलिए अब हम इसकी जो थोरटिकल है जो इसकी थ्योरी है वो अब हम इसमें पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको समझाता हूँ वह चलूँगा ठीक है डेफिनेशन के साथ साथ अगर आपको हिंदी मीडियम से आप पढ़े हुए हैं आ, क्लास ट्वेल्थ में तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा दें ठीक है वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें पढ़ते हैं डबल साल्ट तो डबल साल्ट क्या होते हैं आप डबल साल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे देखिए हमने लिख रखा है इसमें ये होते क्या हैं दीज आर एडिशन कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस ठीक है बट ब्रेक डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड चलिए मैं एक मिनट इसके लिए ये ले लेता हूँ कि ज़्यादा बढ़िया रहेगी हाईलाइटर ये आपको लेजर पॉइंट सही से समझाएगा ठीक है यहाँ से देखिएगा दीज आर एडिसन कंपाउंड ठीक है विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लाइटिस बट ब्रेक डाउन इन Their constituents, compound when into water or any other solvent. The physical and chemical properties of double salt are essentially the same as those of the individual compounds. चलिए मैं आपको थोड़ा उसकी हिंदी समझा देता हूं इसमें हमने लिखा हुआ है दीज आर एडिसन कंपाउंड क्या होते हैं ये एडिसन कंपाउंड होते हैं जो ऐड करने से बने हुए होते हैं ये वे कंपाउंड होते हैं विच एग्जिस्ट ऑनली जो पाए जाते हैं इन में क्रिस्टल लैटिस जो क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स होते हैं और जो क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते हैं बट ब्रेक डाउन इंटू देअर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाते हैं ठीक है ये कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाते हैं वह डिजोल्व जब इन्हें डिजोल्व किया जाता है इन वाटर और एनी अदर सोलवेंट जब इन्हें वाटर में या और किसी और सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने उन्हीं कॉन्स्टिटेंस में ब्रेक हो जाते हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं ठीक है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट आर इसेंशियली द सेम एज दो ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड जो फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डबल साल्ट की वो डिपेंड करती हैं या जैसी होती हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं ठीक है जो इनके अंदर जो कंपाउंड छिपे हुए होते हैं उनके जैसी ही इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी डबल साल्ट की ठीक है आपको समझ में आ गया होगा समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट इसे हम कर लेंगे ठीक है डबल साल्ट जो होते हैं वे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टली है, जो क्रिस्टल लेटीज़ में पाए जाते हैं और ये ब्रेक हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिटूंट्स में जब हम इन्हें वाटर या एनी अदर सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं ठीक है इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे सेम होती हैं इसके इंडिविजल कम्पाउंड की जैसे ठीक है जैसे इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो इसमें छुपा हुआ कंपाउंड है अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका पोटासलम का तो पोटासलम में जो छिपे हुए कंपाउंड्स हैं हमारे पास में उसमें दो थे पोटेशियम सल्फेट और एलमिनियम सल्फेट तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी पोटासलम की वो दोनों के जैसी ही होंगी पोटास सल्फेट पोटेशियम सल्फेट और एल्मीनियम सल्फेट के जैसी चलिए इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है तो इसका जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमने सबसे जो शुरू में लिया हुआ है और हमने सबसे शुरू में क्या लिया हुआ है इसमें पोटासलम ही लिया हुआ है ठीक है और हमने समझाया कि पोटासलम शुरू में बनेगा कैसा है पहले उसका बनना बताएंगे फिर उसमें डिवाइडेशन बताएंगे फिर उसमें बताएंगे कि ये किस किस आयन का टेस्ट देता है और किस कारण से हम इसे क्या बोल देते हैं डबल साल्ट तो चलिए समझते हैं अभी पोटास इसे पोटासलम इज ए डबल साल्ट एंड इट्स ओप्टेन वहन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर मिक्स इन सम अमाउंटेन सोल्यूशन एंड द सोलूशन इज क्रिस्टल चलिए इसकी हिंदी थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ पोटासम क्या है एक डबल साल्ट है एंड इट्स ओप्टेन और यह बनाया जाता है वहन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर मिक्स इन समाउंटेन सॉल्यूशन जब पोटेशियम सल्फेट को और एल्यूमिनियम सल्फेट के कुछ मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है काहे में सॉल्यूशन में एंड द सोल्यूशन इज क्रेस्टलाइन और सोल्यूशन कैसा हो जाता है क्रिस्टलाइन हो जाता है ठीक है आप इसे सीधे सीधे यहाँ से भी समझ सकते हैं पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के मिक्सचर को जब हम वाटर में मिलाते हैं और वो जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाए क्रिस्टलाइन ठीक है तो क्या बन जाता है हमारे पास में पोटासलम बन जाती है जिसे हम जो एक प्रकार का क्या है हमारा डबल सॉल्ट है ठीक है फिर इसके बाद में हमने लिखा है कि ये स्टेबल कब होता है ये स्टेबल होता है ओनली क्रिस्टेलाइन स्टेट में ठीक है तो इट इज स्टेबल ओनली इन क्रिस्टेलाइन स्टेट बट वहन डिजोल्व इन वाटर जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे इट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है एंड ब्रेक अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाता है इसके जो आयंस होंगे वे कौन कौन से होंगे के प्लस होगा ए एल थ्री प्लस होगा और एसओ माइनस होगा अब इसके हमने ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन दिखा रखी है ये हमने पोटासलम ली है यहाँ हमने क्या काम करा इसे वोटर में डिजोल्व कर रखा है ठीक है तो हमने इसे कहा वॉटर में डिजोल्व कर रखा है तो यहाँ आप इसे अलग से तो दिखाएंगे दिखाएंगे यहाँ आप इसमें एस दिखा सकते हैं तो वाटर में हमने इसे डिजोल्व कर रखा है तो वाटर तो डिवाइडेबल नहीं होगा क्योंकि वाटर में ही डिजोल्व है मगर इसके जो और जितने भी हमारे पास में इसके साल्ट थे वे डिवाइड हो जाएंगे जैसे कि ए एल टू बन जाएगा एस अलग हो जाएगा ए टू बन जाएगा, जाएगा और इसके भी जो एस सो कैसे हो अलग हो जाएंगे ये अपने आयन में डिवाइड हो जाएंगे ये उन सभी आयन का टेस्ट देंगे जिनसे मिलकर बने हुए होते हैं तो ये हमारे अनुसार एक प्रकार का कैसा हो जाएगा डबल साल्ट एक बार फिर बता दूं डबल साल्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो प्रॉपर्टीज होती है वो यही है कि डबल साल्ट उन सभी आयंस का टेस्ट देता है जिन साल्ट से वो मिलकर बना हुआ होता है ठीक है अब बात करेंगे इसके दूसरे एग्जांपल के तो हमारे पास में जो इसका दूसरा एग्जांपल है वो दूसरा एग्जाम्पल हमने इसका लिया है जो हमारे पास में होता है मोहर साल्ट ठीक है तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास में है वो इसका क्या है मोहर साल्ट है ठीक है तो मोहर साल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है एफ NH4 का होल्टुवाइज एस ओ फोर सेम कंडीशन इसकी भी बिल्कुल पोटासम के जैसी ही है कैसे बनाएंगे कैसे लिखेंगे वो थ्योरी आपको लिखी हुई मेरे पीछे चमक भी रही होगी और चलिए एक बार इसको फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे तो हमने इसमें शुरू में ये समझा रखा है कि जो मोहर साल्ट है वो भी क्या है एक प्रकार का डबल साल्ट है ठीक है एंड इफ्स ओपटेन और ये बनाया जाता है कम सेम थ्योरी पहले की जैसी है केवल नेम ही चेंज कर रखे हैं तो आपको याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी ये शॉर्ट नोट्स में आता है क्वेश्चन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ठीक है वहन फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर मिक्स इन सोल्यूशन ठीक है नहीं? मिक्स इन सम अमाउंट इन सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज क्रेस्टेलाइन ठीक है तो हमारे क्या बन जाएगा इसमें हमारे पास में ये हमारे पास में बन जाएगा मोहर साल्ट ठीक है तो इसकी हिंदी यही है कि जब हम फेरस सल्फेट को और अलमोनियम सल्फेट को एक साथ मिलाते हैं कुछ मात्रा में और सोल्यूशन कैसा हो जाता है क्रिस्टेलाइन ठीक है तो क्या बन जाता है मोहर साल्ट बन जाता है ठीक है मोहर साल्ट भी कह देते हैं इसे कभी कभी ठीक है मगर ये क्या है हमने क्या लिख रखा है इसमें मोहर साल्ट ठीक है तो ये हमारे पास में है सबसे शुरू में एफ ये हमारे पास में है फेरस सल्फेट जो एफ का होल्टवाइ एस है ये हमारे पास में अमोनियम सल्फेट और कुछ है कुछ मात्रा में हमारे पास में क्या है जल है जब तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में मोहर साल्ट बन जाएगा जो एक प्रकार का क्या है डबल साल्ट है क्यों है डबल साल्ट ये हम यहाँ समझा देंगे बीच में क्योंकि ये स्टेबल होता है केवल काय में क्रिस्टलाइन स्टेट में ठीक है इट इज स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट ठीक है ये स्टेबल होता है किसमें केवल क्रिस्टलाइन स्टेट में अगर हम इसे किसी और स्टेट में रखने की कोशिश करेंगे तो ये उसमें स्टेबल नहीं होगा बात आपको सही से समझ में आ गई होगी ठीक है केवल क्रिस्टेलाइन स्टेट में ही ये कैसा होता है सॉलिड होता है पर जब हम इसे वोटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी अपनी जो आइडेंटिटी है अपनी पहचान है उसे क्या कर देता है लॉस्ट कर देता है खो देता है ठीक है और ब्रेक हो जाता है काय में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उन आयन्स में जिनसे मिलकर बना हुआ होता है किसमें एफ ई में NH4+ में और एस ओ माइनस में इन आयन का ये टेस्ट हमें यहाँ दे देता है और ये इसके हमने रिएक्शन दिखा रखी है नीचे ठीक उसी टाइप से करके ठीक है एफ ई एस का होल्ड एन का होल्ड टू आइज एस ओ फोर हमने ब्रेक कर रखा है किसमें एन एच में एफ में एस ओ फोर साथ में सिक्स स्टो में ठीक है ये ब्रेक हो जाता है आपको सही तरीके से अगर समझ में आ गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें ठीक है वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी चलिए अब हम इसका देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो हमें अगला टॉपिक इसका पढ़ना है वो हमारा अगला टॉपिक है इसका कॉम्प्लेक्स साल्ट अब कॉम्प्लेक्स साल्टस भी क्या होते हैं ये भी मोलिकुलर और रेडिसन कंपाउंड्स ही होते हैं ठीक है विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सोल्यूशन जो सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं ठीक है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ विच आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंट्स और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्प्लेक्स साल्टस की वो डिफरेंट होती है किससे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे ठीक है कार कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉर्डिनेशन कम्पाउंड यह कहलाते हैं क्या कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ में एक बार फिर से समझा देता हूँ ये भी मुल्कुलर और रेडिसन कम्पाउंडस ही होते हैं विच एग्जिस्ट ओनली इन सॉरी मोलिकुलर रेडिएशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सोल्यूशन जो सोलूशन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं ठीक है और वे जो पहले वाले थे हमने जो डबल सॉल्ट पढ़े थे ठीक है नहीं विच लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इवन इन सोल्यूशन वे अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ठीक है लोस्ट कर देते हैं किसमें सोलूशन में और एनी अदर सोलवेंट में मगर ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं वाटर में भी और एनी अदर सोलवेंट में भी ठीक है और इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वे डिफरेंट होती हैं इनके कॉन्स्टिट्यूंट से ये कहलाते हैं क्या कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए इसका एग्जांपल अब हम हम यहाँ देख लेते हैं तो हमने जो यहाँ सबसे शुरू में इसका एक एग्जांपल लिया है वो हमने किसका लिया था यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का तो हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हमारे पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड का है पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे बनता है इसमें हम क्या लेंगे फेरस साइनाइड लेंगे ठीक है इसमें जो हम लेंगे वो शुरू में क्या लेंगे फेरासाइनाइड लेंगे ये हमने लिया हुआ इसमें फेरस साइनाइड और फेरस साइनाइड की रिएक्शन किससे करा देंगे पोटेशियम साइनाइड से तो बन जाएगा पोटेशियम फैरोसाइनाइड जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे किसी और एनी अदर सोलवेंट में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या किस किस का टेस्ट देता है के प्लस का और एफिशियनसिक्स फोर माइनस आयन का ये दो टेस्ट देता है ये जो हमारे पास में ये वाला आयन है ये हमारे पास में क्या है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और जो कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देता है वे सब क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चलिए एक बार इसकी थ्योरी को भी समझ लेते हैं ठीक है थीका? वहने सोल्यूशन ऑफ सल्फेट, फेरस साइनाइड इन मिक्स विद पोटेशियम साइनाइड जब फेरस साइनाइड के मिक्सर मिक्स को मिक्स करते हैं वहने सोल्यूशन ऑफ साइनाइड, जब फेरस साइनाइड तो के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं इन मिक्स विद पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ में मिक्स करते हैं तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज फॉर्म तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो तो है वो बन जाता है विच इन एक्व सोल्यूशन डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ एफ एंड सी जो एक्वा सोल्यूशन में एफ प्लस और सी का टेस्ट नहीं देता है बट गिव द टेस्ट ऑफ फेरो फेरोसाइनाइड आयन जो फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है इट मींस एफ इट मींस के फोर एफ का होल सिक्स इज अ कॉर्डिनेशन कंपाउंड इसका मतलब यह है कि जो के फोर एफ सिक्स है ठीक है के जो है वो क्या है कोर्डिनेशन Co कंपाउंड है ठीक है क्यों है कंपाउंड क्यों क्योंकि ये टेस्ट देता है किसका एक कॉम्प्लेक्स आयन का कॉम्प्लेक्स एन का टेस्ट देता है तो क्या है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट मींस के फॉर एफिशियंसिक्स इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकर इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं चलिए इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है जैसे कि हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल एक एक है किसका ब्लड में पाए जाने वाले हिमोग्लोबिन का ठीक है तो जो हिमोग्लोबिन है वो किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है किसका आयरन का ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं उनमें भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं क्लोरोफिल और जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल में जो जो कम्पाउंड होता है कॉर्डिनेसन कंपाउंड होता है क्लोरोफिल होता है किसका एम का और एम जी इसका मतलब यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है दो है ठीक है याद रखिएगा तो इस वीडियो में इतना ही इसके बाद में हम इसकी दूसरी वीडियो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कल ठीक है और जो दूसरी वीडियो होगी वो होगी हमारी लिखेंड की अगर वीडियो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट कीजिएगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब ये बैच रोज चलेगा आपका तो यहाँ से ही आप आराम से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं